नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक 20 जनवरी के दैनिक राशिफल में आप सभी दर्शकों का श्रोतागढ़ों का बहुत बहुत स्वागत है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज क्या रहेगा हाल साथ ही साथ आज उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इन घटनाओं को शुभ बनाने के लिए आज, आज आपको करना क्या रहेगा आगे बढ़ने से पहले आज का पंचांग क्या कहता है इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख संबत नामक संवत्सर चल रहा है सूर्योदय होगा दर्शकों सुबह सात बजे पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो सूर्योदय होगा प्रातः सात बजे और सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर चौतीस मिनट पर दर्शकों सोमवार दिन रहेगा और जो तिथि आज रहेगी ये कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी रेफरेंस रहते हैं ब्रह्मा वह पुराण का एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा वैवस्थ पुराण में लिखा है पोई का एक साग होता है इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये भी ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में लिखा हुआ है साथ ही साथ आज मसूर की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए वैसे एकादशी और द्वादशी दोनों दिन नहीं करना चाहिए लेकिन एकादशी के दिन भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन एकादशी तिथि के बाद नक्षत्र पर आ जाते हैं नक्षत्र आज अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा एक शनि तथा दूसरा बुद्ध का नक्षत्र है करण रहेगा वालव और जो योग रहेगा ये गंड और फिर वृद्धि योग रहेगा शुभ समय पर आ जाते हैं कि आज का शुभ समय कब है तो देखिए दर्शकों आज दोपहर एक बजकर दस मिनट से लेकर के दोपहर दो, दो बजकर पैंतालीस मिनट तक का अमृत काल लग रहा है आपको यदि किसी शुभ कार्यों को करना हो तो इस दौरान इस पीरियड में यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो निश्चित रूप को आज लाभ जो है आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है यदि और पहले आपको करना है तो ग्यारह से बारह के बीच भी आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं राहुकाल आज का क्या है तो राहु काल रहेगा सुबह आठ बजकर उन्नीस मिनट से लेकर नौ बजकर अड़तीस मिनट तक की राहु काल में देखिए दर्शकों की मनाही है चंद्रदेव अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में चलायमान रहेंगे क्योंकि सोमवार दिन रहेगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का चलायमान है साथ ही साथ सूर्यदेव अपने पुत्र की राशि मकर राशि में चलायमान है दिशा की बात करें तो सोमवार को पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए यदि करनी पड़ जाए तो पहले पश्चिम की ओर चार पक चलिएगा और उससे भी पहले दर्पण देख करके तब यात्रा पर आज आपको निकलना रहेगा और थोड़ी सी मिश्री खा करके चीनी खा करके आप यात्रा कर सकते हैं तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा पंचांग अब हम बढ़ते हैं अपने राशिफल पर और राशिफल में जो हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि लेकिन मेष राशि पर आगे बढ़ें आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ फटाफट लाइक तो कर दीजिए तो मेष राशि के जात आज आपका दिन अच्छा रहेगा किसी पुराने मित्र से आज आपकी मुलाकात हो सकती है आप खुद को आज बहुत ज़्यादा सेहतमंद व तरोताज़ा महसूस करेंगे मेष राशि के जो जातक हमारे मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं इनके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा कोई नया क्लाइंट आज, आज आपसे जुड़ सकता है आज आपके परिवार में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी सुख सौभाग्य बढ़ेगा जीवन साथी के साथ आज आपका समय ज़्यादा बीतेगा कोशिश कीजिएगा ओम ष्णवे नमः मंत्र का 108 तो बार आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा चार वही वृषभ राशि के जातकों आज का दिन क्या कुछ नया सवेरा लेकर के आए तो आज आपका दिन आपके फेवर में रहेगा आपकी कई सारी योजनाएं आज समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा कार्य क्षेत्र में आज आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है अपनी ऊर्जा से आज आप बहुत कुछ हासिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी कठिन परिस्थितियों में भी आज आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल सकती है आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी कोई नया वाहन कोई नया जो है प्रॉपर्टी आज आप क्रय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं घर से निकलते हुए आज कोशिश कीजिएगा माता पिता के पैर छू करके निकलिए आप क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है अभिवादन शील से नित्यम वृद्धो पसे बिना चतर तस्वर्धनते आयुर्विद्या यशो यदि आपने अपने माता पिता के पैर छू लिए तो आपकी आयुर्विद्या यश और बल ये चार चीजें तो आपको बढ़ेंगी ही बढ़ेंगे साथ ही साथ आज आपको कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करना रहेगा आपके हर बिगड़े काम बनते नजर आएंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ जेमिनी मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा कोई बड़ा और अलग काम करने से आज आपको बचना चाहिए आज आप थोड़े सुस्त हो सकते हैं किसी मामले को आज आपको बातचीत और शांति से सुलझाने की सितारे यहाँ पर सलाह दे रहे हैं संतान के साथ कुछ विवाद होने की संभावना बनी रह सकती है साथ ही साथ आज, आज आप संवेदनशील भी हो सकते हैं आज के दिन अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो तुलसी जी के आज पौधे के पास आपको एक देसी घी का दीपक जलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा यह रहेगा तीन हमारी अगली राशि आती है आती कर्क राशि कर्क राशि के जातकों आज आपका दिन मिला जुला रहेगा जरूरत से ज़्यादा एकाग्रता के कारण आज आपको थोड़ी सी परेशानी थोड़ी सी बाधा हो सकती है एक तरफा सोच आज आपको परेशानी में डाल सकती है आज आपके सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे आज आपको अपनी वाड़ी पर संयम बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं किसी बात को लेकर के आज ज़्यादा जिद करने से आपको बचने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं आज फालतू के बाद विवाद आपके सामने आ सकते हैं आज का दिन कार्यक्षेत्र में चली आ रही दिक्कतों को दूर का दिन है चीटियों को शक्कर मिश्रित आटा आज आपको डालना रहेगा साथ ही साथ ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार क्या आप करना रहेगा शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा ये रहेगा दो लियो अर्थात सिंह राशि तो सिंह राशि के जात को आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा खासकर करके कारोबारियों को पैसों के मामले में आज कुछ लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ऑफिस में काम आज आसानी से पूरे हो सकते हैं साथ ही साथ आज बॉस आपकी परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के आज, आज आपको कोई अच्छा सा जो है गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं कोई आपको प्रमोशंस वगैरह दे सकते हैं सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं संतान पक्ष से आज सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की आज आप लोग भरपूर कोशिश करेंगे आज उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो महिला को चीनी का दान कर सकते हैं मिश्री का दान कर सकते हैं इससे आपके रिश्तों में मिठास आएगी साथ ही साथ ओम श्राम श्री श्रोम सह चंद्र मन इस मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा लाइट पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक 5 कन्या राशि के जात को दिन आज आपका बेहतर रहेगा खास करके कारोबारियों को उम्मीद से ज़्यादा आज आपको लाभ मिलेगा ऑफिस में आज आपको अपनी राय रखने का आपके सामने पूरा पूरा मौका मिलेगा दूसरे लोग आज आपकी योजना से काफी प्रभावित होंगे आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा लव मेट के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है परिवार के लोग आज आपके लिए मददगार साबित होंगे किस्मत के सहयोग से जो भी होगा आज आपके फेवर में होगा जरूरतमंदों को पीले रंग के वस्त्रों का दान आज आपको करना रहेगा और साथ ही साथ आज आपको गाय रोटी में मिश्री और शक्कर डाल करके थोड़ा सा आपको जो है गौ माता को खिलाना रहेगा शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा ये रहेगा छे लिब्रा तुला राशि सोमवार का दिन कैसा आपके लिए व्यतीत होगा तो आज आपका दिन व्यस्तता में बीत सकता है आज आप नई जिम्मेदारियों को लेने में थोड़ा सा संकोच कर सकते हैं कुछ खास काम आपके अटके रह सकते हैं कोई चीज कहीं रखकर आज आप भूल सकते हैं यात्राओं में आज आपके लगेज या आपके सामान जो है इसका चोरी होने का भय दिखा रहा है आज, आज आपको जो है कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह मिल सकता है और साथ ही साथ किसी पार्टी में आज आप लोग प्रतिभाग कर सकते हैं आज आपकी कोशिशों में कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। आज के दिन नई धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जी हाँ आज आपकी ही राशि में चंद्रदेव है और नीच के हैं लेकिन दिन कुल मिलाकर के आज आपका शानदार रहेगा कुछ लोगों की मदद से आज आपके पूरे काम हो सकते हैं कोई गुड न्यूज़ आज आपको मिल सकती है कोई कोर्ट कचहरी में आज, आज आपको विजय प्राप्त हो सकती है कोई नई नौकरी कोई नया रोजगार मिल सकता है लेकिन जीवन साथी के साथ आज आपके बात विवाद उभर करके सामने आ सकते हैं आज पार्टनर आपकी हर बात जो है समझने की कोशिश करेंगे लेकिन आप ही कहीं ना कहीं उनकी बातों को नहीं समझेंगे रिश्तों के मामलों में कुछ नया बना सकता है आज आप लोगों की इच्छाएं समझने की कोशिश में लगे रहेंगे कोई नई जिम्मेदारी आज, आज आपको मिल सकती है कोई नया प्रेम संबंध आज, आज आपका स्थापित हो सकता है कोशिश कीजिएगा धर्म स्थान पर सफाई करिए मंदिर में दूध का दान मिश्री का दान और बताशों का दान आप आज कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो धनु राशि तो धनु राशि के जात को आज का दिन आपके लिए काफ़ी गोल्डन रहने वाला रहेगा चूँकि देखिए शनि देव भी अब बिल्कुल लास्ट फेज में आ गए और काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल स्टेज में है मतलब ये आउट ऑफ ट्रैक चले गए कला विहीन हो गए हैं क्योंकि इनका राशि परिवर्तन हो रहा है साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आज मिल सकती है नए कार्यों में आज आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा किसी काम में जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी कैरियर में आज आप नए आयाम स्थापित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों के साथ आज, आज आप लोग कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं जीवन में आज, आज आपको लोगों का सहयोग मिलेगा उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा किसी विकलांग या अपंग व्यक्ति को आज सफेद कोई मीठी चीज आपको देनी रहेगी खाने के लिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए, आपके लिए रहेगा आपके लिए भी दो अंक सर्वथा शुभ रहेगा कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि के जातकों तो आज आपका दिन उत्तम रहेगा आपके अधूरे काम पूरे हो सकते हैं मिलकर किए गए कामों से आज, आज आपको बहुत हद तक की सफलता मिलने के योग बन रहे हैं कुछ नए मौके आज, आज आपको मिल सकते हैं प्रेम प्रसंग में आज, आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती है आज, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा कोई नई बात आज आप सीख सकते हैं आज के दिन लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो ओम श्राम श्रीम सौम सा चंद्र मन से इस मंत्र का 108 बार जाप करिए आज किसी महिला को आप चीनी का या दूध का दान करिए भगवान भोलेनाथ पर दूध में काला तिल डाल करके ओम ह्रीन नमः शिवाय मंत्र से दुधाभिषेक करें देखिए दर्शकों कई सारे उपाय आपको हमने बता दिया जो भी पसंद आएगा एक उपाय यदि आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन आपका बहुत बेहतर जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा चार एक्वायर्स कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों आज आपका दिन आपके फेवर में रहेगा रोजमर्रा के कामों से आज आपको फायदा होगा कारोबार में पैसा लगाने के बारे में आज आप लोग सोच सकते हैं दांपत्य संबंध मधुर होंगे आज आपको कोई नए काम करने के कई नए काम करने के मौके मिलेंगे जिनमें आज आप सफल भी रहेंगे आज आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे परिवार में लाभ की स्थिति बनेगी रचनात्मक काम से आज आपको फायदा मिलेगा आज रुका हुआ धन वापस मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग बताशे ले लीजिएगा और गाय को आज आप लोग बताशा जरूर खिलाइए साथ ही साथ किसी छोटी कन्या को आपको कुछ मीठा देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः अंतिम राशि पर चलते हमारी अंतिम राशि आती है ये आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि तो मीन राशि के जात आज आपका दिन सामान्य रहेगा छोटी छोटी बातों पर कुछ ग्रोथ कर सकते हैं आप लोग गुस्सा कर सकते हैं साथ ही साथ आज ऑफिस में आप को जो है कई लोगों के विरोधों का सामना करना पड़ सकता है आज आप पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचिएगा अपने गुस्से को आज आपको नियंत्रण में कंट्रोल में रखना होगा किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज आपकी मुलाकात संभव है निवेश के मामले में आज आपको कोई नई सलाह मिल सकती है कुछ लोगों की नज़रों में आज आपकी पॉजिटिव इमेज भी बन सकती है आज के दिन कोई नई नौकरी या कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब आप पा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज दूध में शहद में दूध में थोड़ा सा मधु अर्थात आपको शहद डालना रहेगा और रुद्राष्टक के पास से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करना रहेगा ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आज आप लोग जाप करिए भगवान भोलेनाथ बहुत ही अधिक भोले हैं वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाइए मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार